यार काश पढ़ाई प्यार की तरह होती खुद ब खुद हो जाती। नहीं यार काश प्यार पढ़ाई की तरह होता घर वाले मार मार के करवाते